सिंगरौली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र पाठक को संगठन मंत्री बनाए जाने पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया और रैली निकाली सिंगरौली जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कांग्रेस पार्टी के महामंत्री देवेंद्र पाठक को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा सिंगरौली जिले का कांग्रेस संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है जिसकी खुशी में उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया पाठक के बरगवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही फूलमाला और गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया और समर्थकों द्वारा रैली निकाली गयी